तो नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शंस की फ्रैक्शंस जैसे मैं यहाँ पे 2.5 सिलेक्ट कर लिया तो फ्रैक्शंस में यहाँ पे लेवल्स हैं मैंने मान लीजिए एज ए लेवल्स हाफ लेवल्स सिलेक्ट कर लिया तो क्या होगा ये आपको 2 1.2 दिखेगा जी आप मैंने मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया तो पच्चीस वन आपको यहाँ पर दिखेगा उसके अलावा अलग लेवल से अगर मैं ए कर दिया था तो आपको ट्वेंटी फाइव दिखेगा तो ये अलग अलग लेबल्स है जिस लेवल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं